तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल M2 Knowledge में तो दोस्तों स्वागत है आपका एक नई राजस्थान जीके की सीरीज के साथ तो दोस्तों इस सीरीज में हम आपको राजस्थान जीके के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे जो कि राजस्थान के विभिन्न कंपटीशन एग्जामों में पूछे जाते हैं तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो तो दोस्तों ये सीरीज आपकी टेस्ट सीरीज सीरीज नंबर नंबर होने वाली है। दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों इस सीरीज का आपका पहला प्रश्न है किस महाराणा के द्वारा बनवाए गए सभी मंदिरों में प्रस्तर शैली शैली का उपयोग हुआ है तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए महाराणा कुंभा ऑप्शन ए को लॉक कर लिया जा दोस्तों दोस्तों आपका दूसरा सवाल है पीले पत्थरों से पीले पत्थरों से चकुटा से बने किस दुर्ग को सोनारगढ़ दुर्ग कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन डी जैसलमेर दुर्ग ऑप्शन डी दोस्तों लॉक कर लिया जाए दोस्तों आपका तीसरा सवाल है दिलवाड़ा मंदिर में कितने प्रांगण बने हुए हैं दलवाड़ा मंदिर में कितने प्रांगण बने हुए हैं दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पांच प्रांगण ऑप्शन बी दोस्तों लॉक कर लिया जाए दोस्तों आपका चौथा सवाल है मालदेव की रानी रानी उमा ने अपना निर्वासित जीवन किस दुर्ग में बिताया था दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी तारागढ़ दुर्ग जो कि दोस्तों अजमेर में स्थित है ऑप्शन बी दोस्तों लॉक कर लिया जाए दोस्तों आपका चौथा सवाल है दोस्तों आपका पांचवा सवाल है राजस्थान में मुस्लिम संत मीरा साहब की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए तारागढ़ दुर्ग में ए को लॉक कर लिए जा दोस्तों दोस्तों आपका छठवां सवाल है गढ़वीठली पहाड़ी पर तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था गढ़वीठली पहाड़ी पर तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अजयदेव चौहान दोस्तों अजयदेव चौहान ने गढ़वीठली पहाड़ी पर तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था तो दोस्तों ऑप्शन बी को लॉक कर लिया जाए दोस्तों आपका सातवां सवाल है चिड़िया टू पहाड़ी पर स्थित दुर्ग है चिड़िया तो पहाड़ी पर दोस्तों कौन सा दुर्ग स्थित है दोस्तों पिछली वीडियो में हम आपको इसके बारे में बता चुके हैं तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा मेहरानगढ़ दुर्ग ये दोस्तों मेहरानगढ़ दुर्ग है वो चिड़िया तो पहाड़ी पर बना हुआ है ऑप्शन डी दोस्तों लोग कर लिया जाए दोस्तों आपका आठवा सवाल है मयूरध्वजगढ़ के नाम से प्रसिद्ध राजस्थान का वह दुर्ग है दोस्तों जो मयूरध्वजगढ़ नाम से प्रसिद्ध है वो राजस्थान का कौन सा दुर्ग है तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी मेहरानगढ़ दुर्ग मेहरानगढ़ दुर्ग दोस्तों मयूर ध्वजगढ़ के नाम से प्रसिद्ध है ऑप्शन बी दोस्तों लॉक कर लिया जाए दोस्तों आपका नवा प्रश्न है राजस्थान में मेहरानगढ़ का दुर्ग स्थित है दोस्तों जो मेहरानगढ़ दुर्ग है वो राजस्थान में कहाँ पर स्थित है किस जिले में स्थित है तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जोधपुर में जोधपुर में मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है दोस्तों ऑप्शन सी को लॉक कर लिया जाए दोस्तों आपका दसवा प्रश्न है राजस्थान का दूसरा लिविंग पोर्ट कहाँ बना, बना हुआ है दोस्तों यदि आपको राजस्थान के पहले लिविंग पोर्ट के बारे में जानना हो तो दोस्तों हमारी यहाँ पिछली वीडियो देख सकते हैं तो दोस्तों उस वीडियो के लिंक में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा तो दोस्तों आप वहाँ से उस वीडियो को आप देख सकते हैं तो दोस्तों अब देख लेते हैं इसको उत्तर को तो दोस्तों इसका सहित रह जाएगा त्रिपूट पहाड़ जो कि दोस्तों जैसलमेर में स्थित है त्रिपुट पहाड़ जो कि जैसलमेर में स्थित है ऑप्शन बी दोस्तों लॉक कर लिया जाए दोस्तों इस सीरीज का आपका ग्यारहवा प्रश्न है राजस्थान का कौन सा दुर्ग प्रातःकाल व सूर्यास्त के समय सूर्य की लालिमा से सोने के समान चमकता है दोस्तों राजस्थान का वह कौन सा दुर्ग है जो प्रातःकाल व सूर्यास्त के समय सूर्य की लाली से सोने की तरह चमकता है तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सोनारगढ़ दुर्ग जो कि दोस्तों जैसलमेर में स्थित है ऑप्शन सी दोस्तों लॉक कर लिया जाए दोस्तों आपका बारवा प्रश्न है किस दुर्ग को भाटी वन केवाड़ भाटी वन केवाड़ भी कहा जाता है तो दोस्तों इसका सही उत्तर रह जाएगा ऑप्शन सी सोनारगढ़ दुर्ग जो दोस्तों जैसा अलमेर का सोनारगढ़ दुर्ग है उसको भारतीय के के याद रखिएगा ऑप्शन सी दोस्तों लॉक कर लिया जाए <laughs> दोस्तों आपका तेरवा प्रश्न है तेरहवा प्रश्न है मह सोनारगढ़ के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा जैसलवेर के राजा राव जैसल ने सोनारगढ़ का निर्माण करवाया था दोस्तों याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन सी को लॉक कर दिया जाए दोस्तों आपका चौदवा प्रश्न है राजस्थान में सोनारगढ़ का दुर्ग किस जिले में स्थित है दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जैसलमेर में राजस्थान का सोनारगढ़ दुर्ग स्थित है ऑप्शन डी दोस्तों है। दोस्तों आपका पंद्रह प्रश्न है राजस्थान के किस दुर्ग का अर्ध अर्धशाखा प्रसिद्ध है राजस्थान के किस दुर्ग का अर्ध शाखा प्रसिद्ध है तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सोनारगढ़ दुर्ग का अर्धशाखा प्रसिद्ध है ऑप्शन ए को दोस्तों लॉक कर लिया जाए दोस्तों आपका सोलवा प्रश्न है राजस्थान में कौन सा दुर्ग गिरी दुर्ग निहिम है तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी गढ़ दुर्ग जो कि दोस्तों अजमेर में स्थित है ऑप्शन सी दोस्तों लॉक कर लिया जाए दोस्तों आपका सत्रवा प्रश्न है चित्तौड़ का दुर्ग है तो दोस्तों इसका सही उत्तर जेगा ऑप्शन ए गिरिदुर्ग ऑप्शन ए दोस्तों लॉक कर लिया जाए दोस्तों आपका अठारवा प्रश्न है मीरा मंदिर व पद्मिनी का महल कहाँ स्थित है तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी चित्तौड़ में ऑप्शन डी दोस्तों लॉक कर लिया जाए दोस्तों उन्नीसवा प्रश्न है मेवाड़ व मारवाड़ की सीमा पर स्थित दुर्ग कौन सा है मेवाड़ व मारवाड़ की सीमा पर कौन सा दुर्ग स्थित है तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कुंभलगढ़ का दुर्ग ऑप्शन डी दोस्तों लॉक कर लिया जाए दोस्तों आपका 20वां प्रश्न है चित्तौड़गढ़ के दुर्ग का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी आठवीं शताब्दी में चतौड़गढ़ के दुर्ग का निर्माण हुआ था दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन बी दोस्तों लॉक कर लिया दोस्त दोस्तों आपका 21वां प्रश्न है राजस्थान का गौरव कहा जाता है दोस्तों राजस्थान का गौरव इन चारों ऑप्शनों में से किसको कहा जाता है दोस्तों आपको बताना बताना है दोस्तों तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को राजस्थान का गौरव कहा जाता है ऑप्शन सी दोस्तों लोक कल्याजा दोस्तों इस प्रश्न को याद रखिएगा दोस्तों साथियों आपका बाईसवा प्रश्न है महाराणा प्रताप की जन्म किस दुर्ग में हुआ था महाराणा प्रताप का जन्म किस दुर्ग में हुआ था तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कुंभलगढ़ दुर्ग में दोस्तों महाराज प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ दुर्ग में बादल महल में हुआ था दोस्तों बादल महल इसको भी याद रखना दोस्तों कई बार पूछ लिया जाता है साथियों आपका 23वां प्रश्न है राजस्थान के किस दुर्ग में झाली रानी का मालिया बना हुआ है किस दुर्ग में झाली रानी का मालिया बना हुआ है तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा कुंभलगढ़ के दुर्ग में जो दोस्तों झालीवानी झाली रानी का मालिया है दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग में बना हुआ है ऑप्शन डी दोस्तों लॉक कर ले जाए साथियों आपका 24वां प्रश्न है महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित कुंभा स्वामी विष्णु मंदिर स्थित है महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित कुंभा स्वामी विष्णु मंदिर दोस्तों कहाँ स्थित है तो दोस्तों इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन बी कुंभलगढ़ दुर्ग में ऑप्शन बी दोस्तों लॉक कर लिया जाए साथियों आपका 25वां प्रश्न है साथियों आपका 25वां प्रश्न है राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के गिरी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था राजस्थान में स्थित चित्तौड़गढ़ के गिरी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था तो दोस्तों इसका सही रह जाएगा ऑप्शन ए चित्रांगद मौर्य ने राजस्थान में चित्तौड़गढ़ दुर्ग के गिरि दुर्ग का निर्माण दोस्तों चित्रांगद मौर्य ने करवाया था दोस्तों और दोस्तों यदि आपसे पूछे कब करवाया था तो दोस्तों 8वीं शताब्दी में याद रखिएगा दोस्तों तो दोस्तों आज की क्लास आपकी यहीं तक तो मिलते हैं अगली क्लास में दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में तब तक के लिए जय हिंद